सफल जीवन जीने वाले आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चलिए आज के विषय में बात करते हैं आज मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ शरीर को रिलैक्स करने वाला पॉजिटिव अफर्मेशन। यदि आप पॉजिटिव इफर्मेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं तो मैं आपको इसे थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ दोस्तों जिस प्रकार से बाहरी वातावरण का प्रभाव हमारे शरीर और हमारे आंतरिक मन पर पड़ता है उसी प्रकार से हमारे आंतरिक मन में चल रहे विचारों का प्रभाव भी हमारे शरीर पर और हमारे बाहरी वातावरण पर पड़ता है इसे अलग अलग लेखक अलग अलग तरह से परिभाषित किया है कोई इसे पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड बोलता है कोई इसे द सीक्रेट बोलता है कोई इसे आकर्षण का नियम बोलता है अब इसे आप जिस भी तरीके से बोलना चाहे बोल सकते हो तो सिंपल सा है जो चीज़ आप मानने लगोगे जो चीज़ आप महसूस करोगे वह चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन होते जाएगा तो चलिए आज का पॉजिटिव अफर्मेशन हम शुरू करते हैं हमारे शरीर को हील करने के लिए हमारे शरीर में जो भी थकान है जो भी बीमारियां हैं जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करने के लिए आज का यह सेशन शुरू करते हैं तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं आपको बिस्तर पर या ज़मीन पर रिलैक्स लेट जाना है अपने हाथों को आसमान की ओर और, और आंखें बंद कर लेना है मैं जैसा करता हूँ वैसा करिए गहरी सांस लीजिए छोड़िए गहरी सांस लीजिए छोड़िए गहरी सांस लीजिए छोड़िए गहरी सांस लीजिए छोड़िए पूरा ध्यान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 मेरे पैर के पांचों उंगलियां स्वस्थ हो रहे हैं मेरा पंजा पूर्णतः स्वस्थ है।, है मेरा पंजा पूर्णतः स्वस्थ है।, है।, है मेरा पंजा पूर्णतः स्वस्थ है मेरा पंजा पूर्णतः स्वस्थ है अब अपने ध्यान को धीरे धीरे पैर के ऊपरी भाग पर ले जाएंगे मेरे पंजे और घुटने के बीच का भाग मेरे हड्डियाँ मेरे मांसपेशियाँ मेरे नस नाड़ियाँ स्वस्थ है मेरे पंजे और अंगूठे के मध्य का भाग मेरी मांसपेशियाँ मेरी हड्डियाँ मेरे नस नाड़ी स्वस्थ हैं मेरे पैरों में किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है मेरा पैर पूर्णतः रिलैक्स है मेरा पैर पूर्णतः रिलैक्स है मेरे पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है मेरे पैरों में कोई तकलीफ नहीं है मेरे पैरों में बहुत आराम है मेरा पैर स्वस्थ है मेरे घुटनों में, में कोई तकलीफ नहीं है मेरे घुटनों में कोई तकलीफ़ नहीं है मेरे घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है मेरे घुटनों में कोई तकलीफ़ नहीं है मेरे घुटने बहुत ही स्वस्थ है मेरे घुटने बहुत ही स्वस्थ है मेरे घुटने बहुत ही स्वस्थ हैं मेरे घुटने के ऊपर मेरे जांग पूर्णतः स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरा जांग पूर्णतः स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे का हड्डी स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे का हड्डी स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे का हड्डी नस नाड़ी मांसपेशियाँ सब स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे की हड्डी नस नाड़ी मांसपेशियाँ सब स्वस्थ है मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे की हड्डी मांसपेशियाँ सब स्वस्थ हैं मेरे घुटने के ऊपर मेरे कमर के नीचे की हड्डी मांसपेशियां सब स्वस्थ हैं मेरे चांग स्वस्थ है मेरे जाँग के मांसपेशियां स्वस्थ है मेरे जांग की हड्डियां स्वस्थ है मेरी नसें स्वस्थ है मेरे पैरों में कोई तकलीफ़ नहीं है मेरा पैर पूर्णता स्वस्थ है मेरा पैर पूर्णता स्वस्थ है अब अपना ध्यान को जाँगों से ऊपर ले जाएं और अपने यौन अंगों पर ध्यान केंद्रित करें मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ है मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ हैं मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ हैं मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ हैं मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ हैं मेरे यौन अंग पूर्णतः स्वस्थ हैं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 मेरे कुल है मेरा गुदा द्वार पूर्णतः स्वस्थ है मेरे कुल है मेरा गुदा द्वार पूर्णतः स्वस्थ है अब अपना ध्यान अपने कमर की हड्डी पर ले जाएं और अपने ध्यान को अपने रेढ़ की हड्डियों पर दौड़ाएं नीचे से ऊपर मेरी रेढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ है मेरी रेढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ है मेरी रीढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ है मेरी रीढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ है मेरी रीढ़ की हड्डियाँ स्वस्थ है अपने ध्यान को अपने कमर की हड्डी से अपने गर्दन की हड्डी तक नीचे से ऊपर धीरे धीरे करके ले जाएंगे। मेरा कमर का हड्डी स्वस्थ है मेरा कमर का हड्डी स्वस्थ है मेरा कमर का हड्डी स्वस्थ है धीरे से ध्यानों पर ले जाएंगे और बोलेंगे मेरी रेढ़ की हड्डी स्वस्थ है मेरी रेढ़ की हड्डी स्वस्थ है मेरी रेढ़ की हड्डी स्वस्थ है अब अपना ध्यान को गर्दन की हड्डी पर लाएँ मेरा गर्दन का हड्डी पूर्णतः स्वस्थ है मेरी गर्दन का हड्डी पूर्णतः स्वस्थ है मेरी गर्दन का हड्डी पूर्णतः स्वस्थ है मेरी गर्दन का हड्डी स्वस्थ है अब अपना ध्यान कंधों पर ले जाए मेरे कंधे की हड्डियाँ मेरी मांस पेशियाँ पूर्णतः स्वस्थ है मेरी कंधे की हड्डियाँ मेरी मांस पेशियाँ पूर्णतः स्वस्थ है मेरी कंधे की हड्डियाँ मेरी मांस पेशियाँ पूर्णतः स्वस्थ है मेरी कंधे की हड्डियाँ मेरी मांसपेशियाँ पूर्णतः स्वस्थ हैं मेरी कंधे की हड्डियाँ मेरी मांसपेशियाँ पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब अपने ध्यान को अपने हाथों से नीचे की ओर ले जाएंगी मेरी भजाएँ मेरी कंधे के नीचे की भजाएँ स्वस्थ हैं। मेरे कंधे के नीचे की भजाएँ स्वस्थ हैं। मेरे कंधे के नीचे की बजाए स्वस्थ है मेरे कंधे के नीचे की बजाए स्वस्थ है अब अपना ध्यान कोहनी से नीचे के हाथ में ले जाए मेरी कोहनी के नीचे का हाथ स्वस्थ है मेरी कोहनी के नीचे का हाथ स्वस्थ है मेरी कोहनी के नीचे का हाथ स्वस्थ है मेरे पंजे स्वस्थ है मेरे पंजे स्वस्थ है। मेरे पंजे स्वस्थ है मेरे पंजे स्वस्थ हैं अब अपना ध्यान पेट पर ले जाएं। मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ है मेरे पेट संतुलित हैं, मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है मेरा पेट स्वस्थ है मेरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा है अपना पूरा ध्यान को अपने पेट पर रखेंगे ऐसा करने से आपको पेट में हल्का हल्का वज़न महसूस होगा मेरा पेट स्वस्थ है मेरा पेट स्वस्थ है मेरा पेट स्वस्थ है मेरा पेट स्वस्थ है मेरा डाइजेशन सिस्टम ठीक है मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है अब अपना ध्यान को धीरे से ऊपर ले जाएं, मेरे फेफड़े में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा फेफड़ा पूर्णतः स्वस्थ है मेरा फेफड़ा पूर्णतः स्वस्थ है मेरा फेफड़ा पूर्णतः स्वस्थ है मेरा फेफड़ा पूर्णतः स्वस्थ है अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाए मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है मेरा हृदय पूर्णतः स्वस्थ है अब अपना ध्यान को धीरे से ऊपर ले जाए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 मेरे चेहरे में चमक है मेरे चेहरे में चमक है मेरे चेहरे में चमक है मेरे चेहरे में चमक है मेरी आँखों में खूब रोशनी है मुझे सब चीज़ अच्छे से दिखाई देता है मेरे आँखों में कोई समस्या नहीं मेरे आँखों में कोई समस्या नहीं मेरे गालों में कोई समस्या नहीं मेरे दाँतों में कोई समस्या नहीं मेरे जीवा में कोई समस्या नहीं मेरे कानों में कोई समस्या नहीं मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है मेरा चेहरा स्वस्थ है मेरा कान है, मेरा कान स्वस्थ है, स्वस्थ है मेरे नाक स्वस्थ है एक सफेद रोशनी को अपने ऊपर महसूस कीजिए जो आपके चेहरे से झलक रही है आपके चेहरे पर एक सफेद रोशनी झलक रही है आपके चेहरे पर एक सफेद रोशनी झलक रही है जो आपके आखों को आपके जीवा को आपके कानों को आपके दांतों को स्वस्थ कर रही है पूर्ण ध्यान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 अपने मस्तक पर ले जाए पूर्ण ध्यान अपने मस्तक पर ले जाए महसूस कीजिए आपके पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है आपका पूर्ण शरीर स्वस्थ है आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं अपने ध्यान को नीचे लाइये अपने चेहरे पर अपने गले पर अपने रेड़ की हड्डियों में रेड़ की हड्डियों से कमर की हड्डी पर अपने पैर पर बोटनों पर पैर के पंजों पर के चलिए दोस्तों बस इतना ही करना है आपको जब आप अपने से ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो याद रखिएगा मोबाइल में अलार्म अलार्मेरा लगा देना क्योंकि कई लोग इससे गहरी नींद में चले जाते हैं उठ नहीं पाते हैं तो यदि आप अकेले में प्रैक्टिस करते हो तो मोबाइल में अलार्म लगा देना या फिर किसी को बता देना कि उसे जगा है और जब कोई गहरी नींद में रहते हैं और उसे जगाना हो तो उनके पैर के अंगूठे को दबाना रहता है ओके तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैनल के साथ बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद